जो मिला है तुमको तुम उसी में ही सुकून ढूंढो जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा आधे राधे